मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने राजभवन घेराव के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया और जनहित में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान लोगों से किया प्रदर्शन के दौरान कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता बेहोश हो गए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया भोपाल में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया जवाहर चौक ऐसी राजभवन का घेराव करने निकले कांग्रेस नेताओं ने रंग महल के नजदीक लगाए बैरिकेड तोड़ दिए कार्यकर्ता पैदल ही आगे बढ़े जबकि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह और दूसरे बड़े नेता ट्रक पर सवार थे पुलिस ने रंगमेल चौराहे पर 100 मीटर के अंदर दो बैरिकेड लगाए थे पहला बैरिकेड तोड़ते हुए कांग्रेस नेताओं ने दूसरे बैरिकेड की ओर दौड़ लगा दी और इस पर चढ़ गए यहाँ पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए वॉटर कैन से पानी का तेज प्रेशर मारकर कांग्रेस नेताओं को खदेड़ने की कोशिश की जहाँ गिरने से कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए भिंड जुवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार के हाथ में चोट लग गई सपना से आया कांग्रेस कार्यकर्ता बेहोश हो गया उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया गिरफ्तार किया कृष्णा थेटा ने बताया की प्रदर्शन में पांच हजार के लगभग भीड़ थी जवाहर चौक से पैदल मार्च शुरू होने से पहले सभा में पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा सबसे बड़ी परीक्षा अगले छह महीने में आपके निष्ठा की है विश्वास की है अगर जिस निष्ठा से आपने कांग्रेस का झंडा 18 साल उठाया है आप अपनी कमर कस लें, तो कोई आपको रोक नहीं सकता यह कांग्रेस की नहीं मध्य प्रदेश के भविष्य की बात है उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में हर वक्त परेशान है भटकता नौजवान दुखी किसान व्यापारी सब परेशान घूम रहे हैं आपको अपना सिर नहीं झुकाना छाती ठोक कहना है की पंद्रह महीने की कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया था